कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार जरा सी चूक के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क पर भरे बारिश के पानी से गुजरते हुए कार अनियंत्रित हुई और देखते ही देखते सड़क के नीचे उतरते हुए पांच पलटी खा गई गनीमत ये रही कि कार सवारों को मामूली चोटें आई है ये कार हादसा किसी राहगीर के मोबाइल में कैद हो गया जिसके बाद अब वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार सीधे जा रही है और पानी के कारण चालक नियंत्रण खो देता है और कार फिर पलट जाती है वीडियो को सांसद नकुलनाथ ने भी इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया है। सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वीडियो को शेयर करते हुए बारिश में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है छिंदवाड़ा के बिंद्रा कॉलोनी निवासी विकास जयंत बोरकर रविवार को नागपुर से वापस लौट रहे थे उनके साथ बेटा भी था नागपुर मार्ग पर लिंगा के समीप देवर्दा में सड़क पर भरे बारिश के पानी के कारण कार अनियंत्रित हो गई मोड़ पर कार पानी में से गुजरते हुए सड़क छोड़ते हुए सड़क के नीचे उतरकर कई पलटिया खा गई कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं